नमस्कार दोस्तों मैं हूं हूप आप सभी का स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन पर जो लोग व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं जैसे छात्रावास अधीक्षक सब इंस्पेक्टर वीडियो तीनों ही परीक्षाओं के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस कराई जा रही है जो लोग चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो में जुड़ जाइए साथ ही आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ की छब्बीस सितंबर से एक नए समय पर प्रारंभ होने जा रही है छात्रावास अधिक्षक सब इंस्पेक्टर एडियो तीनों ही परीक्षाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा ठीक है जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही आप सभी को बताना चंगो की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है हमारे चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा साथ ही कल सुबह छत्तीसगढ़ सामान्य जाते हैं तो आज रात आठ बजे से प्रारंभ होने जा रही है जितना हो सके वीडियो को शेयर करके रख लीजिएगा साथ ही संदेश देना चाहता था ठीक है जाइए ज्वाइन कीजिएगा